हाउ टू वायरल कार्टून वीडियो हाँ गाइस सच की स्टूडियो को बताने वाला हूँ कि आप कार्टून वीडियो कैसे वायरल कर सकते हैं यहाँ पर आप पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ तो यहाँ पर, पर देखते हैं मेरे दो दिन में सौ सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइश यहाँ पर देख सकते हैं और मैंने दो दिन पहले यहाँ पर एक डोरेमोन की एक वीडियो अपलोड करी थी यहाँ पर देखते हैं चौदह व्यूज़ आए हैं हाँ गाइड व्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं मेरे व्यूज़ चौदह आए हैं यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा आया है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च में मेरी वीडियो आई है बस आपको कुछ नहीं करने बस आपको तीन या चार स्टेप फॉलो करने हैं गाइस तीन या चार स्टेप फॉलो करने उसके बाद आपकी वीडियो गारंटी के साथ वायरल होगी हाँ गाइस के मिल सकते हैं ओडियन रिटेंशन भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गया है यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको भी ऐसे ही व्यूज़ पाने हैं तो मेरी वीडियो मेरे स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा तो फॉलो करने के लिए सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करके बैल लगन पर प्रेस कर ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रही है यहाँ पर देख सकते हैं मैं हर एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ हर एक वीडियो मेरी रैंक पर जा रही है यहाँ पर देखते चौदह हज़ार व्यूज़ है आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर देखते हैं टाइटल यहाँ पर आपको ऐसे रखना है डोरेमोन न्यू एपिसोड इन हिंदी ये पक्का रखना है और यहाँ पर डोरेमोन कार्टून डोमोन हैश भी लाना है डोरेमोन बाकी यहाँ पर देख डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखते हैं अब कैसे लिखना है गारंटी के साथ आपकी वीडियो वायरल होगी आपको बस ऐसे ही डोरेमोन एचडी ग्राफिक ऐसे से टाइटल लिखने हैं बहुत सारे टाइटल मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लिखना है आपको बिना मेहनत किए ये आप लिख सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर देख हैं टैग भी यहाँ पर ये लिखना है आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओ गेंद को तीन चैन शिवा डोरेमोन डोरेमोन ऐसे ऐसे आपको टैग लिखना है तो मैं आपको बताते देता हूँ की आपको कहाँ से लेना है तो आपको गूगल पर जाना है गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर की टूल्स पर आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद यहाँ पर सीधे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद पहली वेबसाइट है कि इस पर आप क्लिक करना है और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको सर्च करना है डोरेमोन अब जो जोन सा भी आप कार्टून ले रहे हो उसको आपको नाम लिखना है यहाँ पर आपको डोरेमोन लिख के सर्च कर देना है तो यहाँ पर सर्च कर दिया यहाँ पर आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो चला थोड़ी देर रुक जाओ गाई हाँ गाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना प्लीज़ गई और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो कार्टून से लेकर आप तक पहुँचते रहे यहाँ पर मेरे दो दिन में हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके यहां हैं यहाँ पर देखते हैं गाइस यहाँ पर देखते हैं अच्छे अच्छे टाइटल आ रहे हैं यहाँ पर आप इसको सबको ऊपर क्लिक करके आल सबको आप यहाँ पर कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं नीचे देखते हैं कॉपी करने से आने मैं तो ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है मैं देख सकते हैं गाइज सबसे ऊपर इसको मैं रैंक करवाना चाहता हूँ यहाँ पर देखते हैं मैं टैग में जाऊँगा यहाँ पर टैग में इसको मैं कर देता हूँ टैग लगा देता हूँ इससे मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी तो गाइस आपको ऐसे ही करना है तो मैं यहाँ पर देखते हैं कट कर देता हूँ यहाँ पर ये मेरा एक टैग लग चुका है ऐसे ही आपको मोटू मोटपुतुल न्यू एपिसोड और मोनू एपिसोड ओल्ड एपिसोड है ऐसे ही आपको टैग लगाना है फिर आपकी वीडियो गारंटी के साथ वायरल हो जाएगी हाँ गाइज यहाँ पर इसके बाद आपको सेव कर देना है इसको सेव करने के बाद आपके सामने बस आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी बस आपको इतनी स्टेप करने अगर वीडियो अच्छी लगे तो गारंटी के साथ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गाइस